डी जे सोनू राजनगर लगे नुकल है लगा ले, समझ कोई पे छोड़ी, छोड़ी, छोड़ी इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट डी सोनू राज राजनगर डीजे वाले बाबू बाबू राकेश सोनू राज राजनगर शिमला बारी चौक जयनगर बजार यह चुपचान फलोवर यक़रा यक़रा सा कोरी अस्तगर चाट कर भी कहिया कमेंट पढ़ भी कहिया बुबाप कर भी हाँ यक़रा यक़रा सा कोरी अस्तगर चाट कर भी कहिया कमेंट पढ़ भी कहिया बुबाप कर भी क्या कर तू नाम लिख भी दिल कैसी लेती पर कमला बारी चौक attack tak pa viral bhagel hi lakh karon देखा देखा देखा इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट टेड बाई आर ओ एम म्यूजिक